जो हसी है, है so, hey what's up guys? तो आज चुका कर के, तो न्यू ट्यूटोरियल वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना तभी ये टूटोल्स आप लोगों को समझ आएगा तो गाइस आप लोगों को चाहिए अलाइट मोशन अगर आप लोग अलाइट मोशन नहीं है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे पिन करके रख दिया हूँ प्रो वर्जन तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा इसके बाद तो आप लोग को प्रोजेक्ट में जाना है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट और टैक्सट निमेशन टेक्स्ट निमेशन जो कि रॉकी लिंक्स में प्रोवाइड मिलेगा आप लोगों को अगर आप लोग को नहीं जान... नहीं जानते हैं डाउनलोड करना रॉकी लिंक से तो वहीं पर हाउ टू डाउनलोड वीडियो दे दूंगा तो उसको देख के आप लोग इनपुट कर लें इतना करने के बाद कैसे आप लोग को सोंग बीट मार्ट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है ऐसे प्लस पे क्लिक करना है या मीडिया पर क्लिक करना है आप लोग जिस भी सॉन्ग जिस भी फोटो से आप लोग स्टेटस बनाना चाहते हैं तो आप लोग उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है मैं तो फोटो को सिलेक्ट करता हूँ सेलेक्ट करने के बाद प्लस पे क्लिक करना है यहाँ से ऊपर थ्री डोर रहे और ऊपर थ्री डोर पे क्लिक करने के बाद फिल कॉम्पोजिशन या कर लेना इतना करने के बाद फिर से फ़ोटो पे टैप करना है यहाँ से एंड में लेके इसको आ जाना है इतना करने के बाद फिर से आप लोग को प्लस पे क्लिक करना है एक सेप लेना है सेप को वही इतना कर लेना ले लाना है इस बार इफेक्ट पे है एड इफेक्ट पर क्लिक करना है यहाँ से जो कि मतलब ब्लर पर क्लिक करना है ऐसे जो कि गुस्सियन ब्लर है थर्ड ऑप्शन पे उसको एक बार क्लिक करना है स्टैंडर्ड सेटिंग में क्लिक करना है यहाँ से इसको थोड़ा सा ब्लर कर लें ब्लर करने के बाद आप लोगों को बैक करना है कलर एंड फिल्प क्लिक करना है यहाँ से वाइट कलर जो कि सिलेक्ट कर इतना करने के बाद आप लोगों को सेप क्लिक करना है यहाँ से एंड में लेके आ जाना है इतना करने के बाद गए फिर से आप लोग को प्लस पे क्लिक करना है टेक्स्ट पे क्लिक करना है यहाँ से जो कि फर्स्ट का सॉन्ग का लिरिक्स है उसको आप लोगों को लिख लेना है तो आप लोग आप लोगों को मैं जो कि टेलीग्राम चैनल पे लिरिक्स एक बार सेंड कर दूंगा तो उसको आप लोग कॉपी करके नोट पैड पर सेव करना इतना करने के बाद रोबोट रेबल क्लिक करना है यहाँ से फ़ोन सेलेक्ट कर लेना जो जिस भी फोन पर आप लोग बनाना चाहते हैं जो आप लोगों को अच्छा लगे और उसको अच्छे से छोटा बड़ा एडजेस्ट करना इतना करने के बाद कलर आप लोगों को ब्लैक सेलेक्ट करना ब्लैक सेलेक्ट करना राइट राइट पर क्लिक करना है मूवेंट ट्रांसफोर्ट क्लिक करना है इसको नीचे ले आना है गैस इतना ले आना है इतना में इतना करने के बाद आप गैस आप लोगों को लेयर पे क्लिक करना है इसको भी यहाँ तक एंड में लेके आना है इतना करने के बाद जो कि इसको क्लिक करने फर्स्ट बिट तक आ जाएगा फर्स्ट बिट आने के बाद जो बीच ऑप्शन से इसको कट कर देना है ऐसे आप लोगों को सभी को ऐसे ही बीच से कट कर देना है कट करने के बाद आप लोगों को सेकेंड वाले लिरिट्स पे जाना है तो सेकेंड लीरिट्स को चेंज करेंगे टेक्सट लिखना है इसको इसको कट कर देना है सभी को तो सेकेंड लिर जो भी हो तो उसको लिख लेना है मैं सेकेंड लिरिट्स को लिख लेता हूँ जो ही है सेकेंड लिर को लिख लिया मैं यहाँ से गई आप लोग को सभी लिर को जो जो आप लोग जिस जिस भी सॉन्ग बना रहे हो का उस शौक लोंग का लिस्क सुन के आप लोगों को लिख लेना है यहाँ पर मैं लिख लिया लिखने के बाद ग्राइफ पर क्लिक करना है यहाँ से फिर से फर्स्ट पर आना है प्लस पे क्लिक करना है टेक्स्ट पे क्लिक करना है यहाँ से कैसे आप लोगों को इंस्टा आई लिख लेना है इंस्टा लिखने बाद एर दे देना है यहाँ से लिख लेना है तो कैसे आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो वीडियो बनाने में तो आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे डी कर सकते हो या कोई सा क्वेश्चन हो तो वहाँ पूछ सकते हो इतना करने के बाद रोबोट क्लिक करना है यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है जिस भी फ़ॉन्ट में आप लोगों को अच्छा लगे इतना के बाद कलर करना है ब्लैक इसको ए टी पीटी अच्छे से बड़ा कर लेना है बड़ा करने बाद राइट पे क्लिक करना है जाना है इसको नीचे लेके आ जाना है आप लोग एडजस्ट कर लेना आप लोग जितना अच्छा लगे इसके बाद इंस्टाग्राम इस आई को भी यहाँ से एड में लेके आ जाना तो सब लिरिक्स पर आप लोगों को इफेक्ट एड करना है इफेक्ट ऐड करने के लिए आप लोगों को बैक आना है बैठाने के बाद टेक्स्ट एनिमेशन पे क्लिक करना है ऐसे मैं टेलीग्राम पे सेंड कर देता हूं आप लोगों अगर नहीं डाउनलोड करना चाहते तो वीडियो देख लेना ऑटो डाउनलोड वीडियो मैं वहां भी आप लोग को दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में ही दे दूँगा और फोटो वोटो तो आप लोगों को ऑलमेटर लिंक पर मिल जाएंगे इतना करने बाद आप लोग को लेर पर क्लिक करना है टेक्सट इफेक्ट वाले में इफेक्ट पर क्लिक करना है थ्री क्लिक करना है ऐसे कॉपी इफेक्ट्स कर लें करने के बाद आप लोगों को गैस में करना है मेन बीट मार्क मार्ट है जो कि सॉन्ग वाले में आ है हैं ऐसे फर्स्ट टेक्स्ट इफेक्ट भी क्लिक करना है क्लिक करना है कॉपी इफेक्ट्स कर लें तो वैसे हम लोग को जो कि इफेक्ट काम कर रहा है आप लोग गैस सभी को ऐसे ही पेस्ट कर लें जिस सॉन्ग आप लोगों को लिखें इतना करने के बाद को प्लस पे क्लिक करना है मीडियम पर क्लिक करना है यहाँ से ऑल पे करके गैस जो कि स्नोफॉल वाला आप लोगों को टैंपलेट में दे दूंगा ऑल मैडर लिंक पे तो आप लोग डाउनलोड करना करने के बाद आप लोगों को उसको स्नो फॉलो क्लिक करना है यहाँ से ऊपर थी पर क्लिक लिया करना है फ्लिपकॉप पर जैसे करना इसके बाद नीचे ब्लैंडिंग पॉजिटिव क्लिक करना है लाइट पहले पे स्क्रीन कर लेक्रीन करने के बाद वहाँ आप लोगों को सिक्सटी कर लेना है सिक्सटी करने के बाद आप लोगों को एंड पे आना नहीं तो आप लोग को वीडियो का जो कि लेयर है बहुत लंबा हो जाएगा इतना बाकी पट्टी धर से कट कर देना है इतना करने के बाद आप लोगों को जो कि वीडियो बन के रेडी हो गया है हम लोग देख सकते हैं फिर जो कि काम कर तो वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए जो कि ऊपर डॉट दिख रहा है गैस एक बार ऊपर क्लिक करना होगा जैसा वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना होगा इतना करने के बाद आप लोग को अगर गैस ट्यूटोरियल पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेलऑट पसंद और फिर सेट कर देना ऐसे ही नहीं है पाने के लिए इतना ही कोई नेक्स्ट में तब तक लें जय हिंद